मयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने शाहरुख खान की पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग पर आपत्ति जाहिर की है और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से इस अश्लील गाने पर रोक लगाने की मांग की है मैर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने शाहरुख खान के फिल्म पठान के भगवा रंग को लेकर गाए गए गीत की कड़ी आलोचना की है इस बाबत नारायण त्रिपाठी ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में कहा गया है कि इस गाने पर सरकार तत्काल रोक लगाए पार्टी ने कहा कि भगवा अध्यात्म का प्रतीक है प्रभु श्री राम माता सीता उनके भाई लक्ष्मण जब पिता के निर्देश आरोप तो भी भगवान थे धारण करते हैं इसलिए सहन करने के योग्य नहीं है इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले